गुड मॉर्निंग गाइस आज का पास देखते हैं आइए। भाई ये शहजादा आ गया शहजादी के पास और सहजादी को कुछ रोज गिफ्ट करेगा साइड अरे भाई जूता भी। <laughs> वो भाई वो भाई कुछ गिफ्ट ओ भाई ओह भाई क्या है भाई शहजादी उसकी तरह हो गया और शहजादी भागने वाला अरे बिलन आ गया ओ ए बिलन तो खतरनाक है भाई ओ भाई क्या बिले है अरे बिलन बिलन मार मार मारते मिल के मारते है बस एक ग्रेनेट फेंक दिया आइस ग्रेनेट वो बो ब्रो चले तो इलाइट पास की तरफ देखते हैं और इलाइट पास में कुछ मज़ेदार चीज़ देखते हैं भाई मोनिस्टर ट्रक भाई बड़े चमकदार गाड़ी है भाई इलाइट पास में इस बार मोनिस्टर ट्रक बड़ा मज़ेदार आया है तो आप सभी इलाइट पास लेंगे या नहीं तो मेरे को कमेंट में जनाएं और क्या है और ए लेडीज वो भाई ये तो ऊपर से फटी हुई है यार देखा अपने लापरवाही का नतीजा ओ भाई साहब तो दो तीन एक एक वल्चर दे रहा है और फाइनली 50 बेज में हमको मिलने वाला लेडीज ड्रेस तो लेडीज ड्रेस का लुक तो यही है तो इसका देखते ओ भाई ये क्या है वो ये आइस और इसने ब्लैक कलर का लिपस्टिक लगाया है वो भाई इसका हेयर जो चार महीने से तेल नहीं लगाया है <laughs> ओ भाई साहब और सू और इसका ये ओ भाई ये क्या है ये तो फटे हुए है भाई ओ दीदी दी इसका तो फट गया <laughs> ओ भाई साहब और इसका ड्रेस ये ये सजाने का कमाएगा मेरे घर में ये भाई गिरीना वाला कुछ तो सोच के बनाया है अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा है डायमंड बल्सर कार्ड और ये ड्रेको ने डेगो का वो कन का स्किन और स्किन इस, ही दिया है बिना एबिलिटी के कुछ भी एबिलिटी डाल देते गरीना वाला क्या है यार इतना कंजूसी क्यों करते हो स्किन तो बढ़िया ही है और वे पलर कार्ड ये क्या है ओ भाई ये बैग पैक है लेवल थ्री का इसका अंदर जूता घुसाया हुआ है ओ जो अपने हीरो हीरोइन को गिफ्ट देता है वैसे वाला जो ये लेवल टू का भाई साहब लेवल टू का इसके अंदर तो बहुत खतरनाक ओ समझ गया समझ गया ये मतलब तीन साल से छोलहता साल से सा जूता अंदर ही घुसाया हुआ है गाइस तो आप सभी को ये जूता चाहिए तो भाई अपग्रेड कर लो फटाफट और क्या है बैनर एम पी फाइव वो एम फाइव का लुक तो कमल के है लेकिन इसमें कुछ एवेलिटी डाल देते तो और मज़ा आ जाता बैनर फाइनली गाइस ये है हमारे मज़ेदार चीज लेकिन मजा लगा से। वे, वे, वे, वे, वे, वे, वे, वे, फिर से से हे फिर ओ भाई ओपी ओपी ओपी ओपी था यार आपने लापरवाही का नतीजा भाई और क्या है भाई ये जूता ही दे दिया हम लोग को पहनने के लिए उन्हें ये शर्फ बोर्ड बोर्ड दिया है भाई सर्पबोर्ड लेके उड़ के आने का इसका लुक तो मज़ेदार है कुछ बुरा नहीं बहुत अच्छा है और मैजिक फेगमेंट येलो स्टोन एक और ये क्या है पोटी क्या था ये सुबह सुबह पोटी करने का ओ नहीं नहीं ये डेड लूट बॉक्स है भाई लूट बॉक्स है इसको जब मारोगे आप किसी एनिमी को तो डेड बॉक्स निकलता है है वो डेड बॉक्स इसमें स्टीकर दिया है हीरो हीरोइन का मतलब राजा रानी का और फाइनली क्या ये है, है हम लोग का ड्रेस इसको लेने के लिए सब पागल हो जाएंगे ये अच्छा लग रहा है भाई ये लुक तो मज़ेदार है आइस एक लाल एक ब्लू है शायद माय गॉड ये क्या लुक है ऐसे तो आदमी की आदमी नहीं होता शायद ये देखिए शायद छः महीने से शायद तेल नहीं लगाया इसीलिए इसका बाल ऐसे होकर भाई सब कंगे भी नहीं किया क्या है यार गरीने वालों क्या मजेदार चीज दिया है बाबा बाबा ये है उसका सूट और इसका पेंट पूरे फटे हुए और गाइस इसका बॉडी ये अच्छा लग रहा है मेरे को इधर ये इसका बॉडी बड़ा मजेदार है यार लुक तो लुक बढ़िया लुक दिया है अच्छा लग रहा है भाई कौन कौन इलेट पास को निकालना चाहते हो मेरे को कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करते हुए जाओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना लास्ट में हम लोग का मैजिक फेगमेंट तो यहाँ पे तो मैजिक फेगमेंट कमी मिलता है ज़्यादातर तो वही मिलता है वीडियो देख लेते हैं एक बार फिर से देखती है हमारे वीडियो तो टेक के बाय बाय आइकॉन कौन कौन अपडेट करेगा भाई कमेंट में बाय बाय